अंत नहीं बुझबी कि जनरेटर खराब भगे बंद भले जा कनिका लाइट बंद कर कते दू मिनट वही में को भी गोटे मोबाइल नहीं जरेबे टॉर्च नहीं जराय वाक देखो हम सब गोटे दू मिनट के लिए जनरेटर बंद हेतु भी गोटे टॉर्च नहीं जरेब लाइट नहीं जराय आओ कीतन करी आबे हम मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान होता उसका कि जिसका रक्षक दया निभा और ताली बजा के सब गोटे लाइन कटते तो टॉर्च नहीं जरेबे हल्ला नहीं करे हम अपना जगह पर बैसर रहा बेसी भीड़ नहीं लगा निवेदन करो एम्ब् बेसी भीड़ नहीं क्या क्या क्या क्या क्या क्या होनी होनी होनी है क्या होनी है क्या होनी है है है है अनहोनी अनहोनी अनहोनी ताली बजा के सब गोटे सुंदर झांकी ट्रप्स दर्शन भगवान takare nai yo takare nai yo विश्वास बिल्कुल परिपक्वता से एकादशी प्रहलाद जी की भक्ति को देखकर कर चौंक गया हिल में कसी पे गया भागता हुआ प्रहलाद जी के आगे आया आकर के खड़ा हो गया प्रहलाद जी से कहता है मैंने जब-जब कि मेरी आज्ञा को तो ही भागता रहा भागता रहा सदैव दूसरी में भागता कृष्ण के हरी के भरोसे कथा सुनी है जी। कथा सुनी है जी क्या हाँ हा, प्रहलाद जी वो बोली कथा के हिसाब से? से कह रहा है दुष्ट हलाद मैंने तुझे सदैव कहा हाँ। कि तुम तो मेरी आज्ञा पे चल।, चल मैं जिस धर्म को बताऊ उस धर्म को तू लेकर के चल परंतु मेरी आज्ञा का पालन तू नहीं किया और तूने नारायण की स्तुति करी।, करी।, नाराय करी देखता हूँ तेरा नारायण कैसे देवी रक्षा करता है दुष्ट है तेरा प्रभु कहाँ है तेरा भगवान और मुस्कुराते हुए हर, हर तो उसको चिल्लाने के बाद पहला हर जगह में कहा है तुरंत उसे शिब ने कहा तो पता क्या तेरे प्रभु इस सफेद खम्भे के अंदर है तुरंत मुस्कुराते हुए प्रभु के ध्यान में हुए कहते हैं हाथासी मेरे प्रभु मेरे प्राणनाथ इस खंबे में है जैसे ही कहा इस खंबे में है तुरंत रणकशिप ने कृषि के रूप लेकर प्रभु पहली बार पड़ते हुए और अपने भक्त की रक्षा के लिए पकड़ के हिरण्य कशिप को प्रभु ने तबाच लिया और अपनी चरखा पर बिता लिया रात में रात है है ज़्यादा दिल सोलर भैया को झूली मिला की लाइन में बोलो भी नहीं मर सकते क्यों बर्फ पाया है क्या बर्फ पाया है न अस्त्र से मरू ना सुस्तु ऐसी मरू भगवान बोले मारने के लिए मेरी नाखोन काफी है इसी नाखोन से मेरा ऑपरेशन अभी भी नहीं मान सकते मैंने वर पाया है क्या पाया है स्त्री से मरूंगा पुरुष भगवान बोले नी हूँ मैं पुरुष हूँ आधा सिंह हूँ आधा मर हूँ नर सिंह हो अभी भी नहीं मान सकते क्यों बोले ना अंदर मरूंगा साल के किसी महीने में नहीं बनी तो मैंने वर पाया है भगवान बोले कृष्ण के एक नोवेल मास का महीना मैंने शोषण के लिए बनवाया है अभी भी नहीं मना सकती क्यों मैंने वर पाया है क्या मर पाया है विधाता की बनाई सृष्टि में किसी से नाम भगवान बने लोग धाता मुझे नहीं बनाता मैं विधाता को बनाता हूँ चारो, असुर, लगते महाराज को नरसिंह भगवान ने खींच लिया और खींच करके अपनी बैग में बिठा लिया और बिठा करके प्रहलाद को चूमने लगते चाटने लगते अपनी जिरा से और प्रहलाद जी कह रहे जी कह रहे भगवान नरसिंह से क्या प्रभु आप मुझे जीवा से चाट रहे हो ऊपर प्यार बरसा रहे हो आपने इतना प्यार कभी बलराम पर शेषराद पर लक्ष्मी पर शंकर पर भी नहीं बरसाया आप मुझ पर इतना प्यार बरसा रहे हैं क्यों क्योंकि तो कर सारे बताना चाहते के अंदर के प्रेम से भी हुए हैं किसी के अंदर प्रेम है तो आप उसे अपने कलेजे में बिठा लेते हैं यही जो तो है आपकी भक्त वत्तावत हो भगवा <laughs> भगवान <laughs> सिंह के आगे जाने के नहीं हुई लक्ष्मी की भी नहीं हुई में भक्त, भगवान को अपने बस पर प्रहलाद्रम श्रीमद भागवत के सप्तमशो दिया अजग्रा की कथा आती है इंद्रद नाम का राजा और हु नाम का कन्धड़ भोहू नाम का गंधर्व जो था इसने एक बार देवल ऋषि का अपमान कर दिया इसके वजह से इसको पुराह अगर बनने का श्राप मिला और इंद्र जुंड राजा जो कि अपने तप में तपस्या संध्या बंधन में लीन था इसने अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया तो गजराज हो जा और आज यह गजराज बना लेकिन ध्यान दो राजा श्राप से बना जरूर लेकिन भगवान का भक्त था गजराज भी ना। तो कई इंद्रद रखने वाला गजराज बना त्रिकूट पर्वत पे निवास करता था एक बार जल जल पिया और जल पी करके जल त्रीका करता हुआ जल में प्रविष्ट हुआ ग्राह अर्थ कर लिया और पहले तो कर गजराज ने अपनी खूब पावर दिखाई परंतु तो अंत में कुछ ना कर सका वह ग्राह दोबाता ही लेकर चला गया तो अंत में उसने एक कमल का पुष्प लिया और कमल का पुष्प लेकर के का अंत का समग्र किया प्रेम से प्रभु का आगमन हुआ भगवान आए और भगवान ने एक हाथ से ही गजराज को पकड़ के बाहर खींच लिया और, और अपने सुदर्शन चंद्र से ग्राह का वध कर दिया प्रभु ने और गजराज को लेकर वैकुंठ चले गए गजराज कौन है हम आप हैं कमल क्या है कमल सत्संग है जब हमारा जीवन सत्संग से जुड़ जाता है तो हम संसार के समस्त मायामयी ये जितने भी सफलमत संसार के विषय वासनाएँ दिख सब हमारा कुछ भी बाल बाता नहीं कर पाते और जब सब सत्सनी हमारा हमसे महत्जरणों से, से प्रारंभ होकर के और कमलाकांत के चरणों में जा कर तो, के नारायण आए समर्प आए तो नारायण के चरणों में समर्पित होता है तब नारायण हमारा उद्धार कर देते, लेते हैं नारायण अपने साथ ही खींच लेते हैं प्रेम सिंह श्री आ इसके बाद भगवान ने एक अवतार लिया जिसका नाम है अजीत अवतार प्रेम से नहीं श्री में भगवान में ने अजीत अवतार धारण किया और अजीत अवतार के तुरंत बाद बड़ी ही दिव्य कथा आती है समुद्र मंथन की एक बार दुर्मासी दाना प्रकार के लोगों में भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि दुर्वासा के आगे मेनका का आगमन हुआ और मेनका के हाथ में नंदन के पुष्पों की माला थी उस माला को देखते ही उसने मेनका ने सोचा कि दुर्वासा के तो नाक पर ही क्रोध रहता है उसने डर के मारे उस नंदन मन के पुष्प की माला दुर्वासा के कंठ में डाल गए और उसके कंठ में जाते ही दुर्वासा ऋषि को भूख व्यास बंद हो गई दुर्वासा को नींद आनी बंद हो गई हाथ पैर के सारे दर्द चले गए ऐसा चमत्कारी माला था लेकिन भगवत चिंतन चीट गया लेकिन हमारे शास्त्र पुराण में कहते हैं ते परम भले कितने कितने भी भी हो, हो, लेकिन आपके भगवत मार्ग पर अगर बाधा, बाधा पहुंचा तो उसका त्याग कर दो जो आपको आपके इष्ट गुरु से प्रभु से दूर करे। तुरंत वह हमारा उतारी और उतारते ही सामने देवराज इंद्र दिखे ऐसा बोले इसका तो जीवन में जो है ही पहना दिया जाए, उसको दिया, और इंद्र ने तुरंत हमाला अपने अरावत हाथी के मस्तर पर रख दिया आजकल के नेता मंत्री क्या करते हैं उनको माला पहनाओ तो माला उतार के अपने बोनेट पर रख देते हैं गाड़ी के आगे वाले। इसी प्रकार इंद्र भी एक राजा है नेता है जो मिला माला तो माला का अपमान किया उतारा और अपने वाहन के बोनट पे गजराज के मस्तक पर रख दिया और गजराज ने उतार के रहा जमीन के धड़ाम से पटक दी पैरों से कुचल दी इतने में दुर्बाशा की दृष्टि पड़ गई और दुर्बाशा ऋषि को तो क्रोध आ गया और दुर्बाशा ऋषि ऐसे है जो क्षमा करना जानते भी नहीं है दुर्भाषा ऋषि के बारे में विष्णु पुराण में बड़ी सुंदर बात आती है कि वशिष्ठों नहीं बचा नहीं तुर्भाषा